अब मैंने आपको बताया कि मेरी 14-15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और मेरे पास आ, मैं सोच रहा था कि कुछ और भी करना पड़ेगा शायद तो मेरे एक बहुत अच्छे मतलब, मतलब, मतलब माय क्लोजस्ट फ्रेंड स्टेज इन कनाडा सो तो, तो मैं उससे बात कर रहा था। तो वो कह रहा है अक्षर तू इधर आ जा तू और मैं मिलकर काम करते हैं इज ऑल्सो इंडियन बट स्टेज दिन तो उसने मुझे कहा कि तू आके काम करते तो मैंने फिर अपना प्रोसेस शुरू किया अपना पासपोर्ट बनाने का फिर काम करने के लिए क्योंकि मैं मुझे लगा मेरा करियर शायद ख़त्म हो गया मेरे पास यहाँ काम नहीं मिलेगा मुझे और और तब तक वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया था और ये मुझे, मुझे मेरा पासपोर्ट मिला और उसके बाद वो अलग बात है कि मेरी पंद्रहवीं फिल्म जो है मतलब सोचा था कि एक दो तो फिल्म और बची हैं वो खत्म हुए वो पंद्रहवीं फिल्म चल गई मेरी और फिर उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद चलता गया चलता